सबका दाता है तू सबको देता है तू तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है किस मांगे कहाँ जाए किस से कहें और दुनिया में हाजत रवा कौन है कौन मकबूल है कौन मरे दूध है बेहबर क्या खबर तुझे को क्या कौन है कौन मकबूल है कौन मरे दूध है ख़बर, क्या खबर तुझको क्या कौन है जब तू ले गे अमल सबके मीजान पर तब खुलेगा के खोटा खरा कौन है सब का दाता है तू सब को देता है तू ते बंदों का तेरे सिवा कौन है किससे मांगे कहा जाए किससे से कहे और दुनिया में हाजत कौन है ओलिया तेरे मोहताज है तेरे बंदे हैं सब, सब अंग रसुल तेरे मोहताज है बिकुल तेरे बंदे हैं सब, सब अंगिया रसुल उनकी का बाबत तेरी उनकी पहचान तेरे सिवा कौन है सब का दाता है तू सब को देता है तू तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है किस मांगे कहाँ किस से कहें और दुनिया में हार जत रौन है कौन सुनता है पर याद मजलूम की किसके हाथों में कुंजी है मक की कौन सुनता है फरियाद मजनूम की किसके हाथों में कुंजी है मक की पर किसके पलते हैं शाह हो गा मसन दारा बजने आता कौन है सबका दाता है तू सबको देता है तू तेरे बंद तो क तेरे सिवा कौन है किससे मांगे कहाँ जाए किससे कहे और दुनिया में हार वा कौन है मेरा मालिक मेरी सुन रहा है वहाँ जानता है वो हामशियों की जुबा मेरा मालिक मेरी सुन रहा है वहां जानता है वो हामशियों की जुबा अब मेरी राह में कोई बे खो हो नाम नामबर क्या बला है स्वभाव कौन है सबका दाता है तू सब को देता है तू तेरे बन का तेरे सिवा कौन है किस मांगे कहाँ जाए किस कहे दुनिया में हाजत रवा कौन है हम बिया ओलियाल बहते नबी कबई नो सहा बाप जब आबनी हम बिया अहले ऐल बहते नी तपी नो पे जब आबनी बनी गिर के सज में सब ने यही अर्ज की तू नहीं है तुम तो शिल खुशा कौन है सब का दाता है तू सब को देता है तू तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है किस मांगे कहा जाए किससे कहे और दुनिया में हाजतर बा कौन है इब तदा भी वही इतहा ना खुदा भी वही है खुदा भी वही इब्त वही इंतहा वही ना खुदा भी वही है खुदा भी वही जो है सारे जहानों में जलवानुमान अहद के सिवा दूसरा कौन है सबका दाता है तू सब को देता है तू तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है किस मांगे के जाए किस से कहे और दुनिया में हाज्रवा कौन है वो हकाय हो अशिया के यूश को तर फेह मो इतराक की जद में है सब मगर वो हकायक हो अशिया के यूश को तर फोह इत राक की इज में है सब मगर माँ सिवा एक उस जात बेरंग के फह मो इतराक से मावरा कौन है सब का दाता है तू सब को देता है तू तू तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है किस मांगे कहा जाए किस कहे और दुनिया में हाजत कौन है अहल फिक्रो नजर जानते हैं तुझे कुछ न होने पे भी मानते हैं तुझे अहल फिक्रो नजर जानते हैं तुझे कुछ न होने पे भी मानते हैं तुझे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 किस कहे और दुनिया में हाजत रवा कौन है और दुनिया में हाजत रवा कौन है और दुनिया में हाजत रवा